जक दू पर गोसारे निज सुख विलोम हो ही धीरा पर सिख हो ही ये पद है मले तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ये सुहारे त्रिभुवन भगत नहीं तह बिरज गोविंद नाम रामद ता सब ने जी मन ल हसता आज विचार मत धिय तज तर्क कंसय सकल बजा राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुहावे देवी पूजी पद कमल तो जीवित होजी पन्ने का मरने को हारे दुरादर हो तेज़ बहुं हिंसकारे मनुष्य कोड़े साधे दिल पुल बाले दांत बिसाबद कोड़े पुल काट साधे साधे कोड़े पुल सी तलर छापने सकार लगावता जो काले कोड़े साधे सारे साथी दोस्त तलर दूर हो के दुरंत धूप तेल साथे कोड़े साम दुरादर भगवंत सागर था कि पा भाई को